So, hey guys, आज मैं आपके लिए ला हूँ कुछ बेसिक टर्म्स मतलब basic knowledge for Civil Engineers. ये पार्ट वन है मैं इसका 10-12 सीरीज लेके आऊंगा अगर इस पे आपका अच्छा प्यार मिला तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन जब आप जाओगे एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर साइट पे जॉब करने तो आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही काम आएंगी एंड बहुत हेल्प करेंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट पे है अपना इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये थर्टी मिनट्स का होता है मतलब जो आपका प्राथमिक सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है ना मतलब पहला जो सेटिंग टाइम होता है वो थर्टी मिनट्स का होता है एंड सेकेंड पे है अपना फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फाइनम सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट ये 10 आवर्स या 600 हंड्रेड mm एम आप बोल लो ये इतना का होता है एंड तीसरा है अपना वेट ऑफ स्टील मतलब ये आप कैसे निकालोगे इसका फॉर्मूला यहां पे दिया है डाय स्क्वायर बाय 162.2 ये केजी पर मीटर में आपका निकलेगा। तो देखो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा एंड बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा तो आपने ये सही वीडियो पे क्लिक किया है बने रहो वीडियो के अंत तक इस बहुत कुछ आपको सीख सीख के जाओगे चलो अपना थर्ड फोर्थ जो पॉइंट है वो मिनिमम हुक लेंथ आपको कितना रखना है मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है नाइन मतलब मिनिमम हुक लेंथ इज इक्वल टू नाइन देखो ये जो अपना ये हुक है इसको मतलब ये रिंग हो गया एक इसका जो हुक है वो आपको मतलब नाइन हो गया अपना आई एंड डी हो गया डाया है तो जितना का आपका सरिया है उतना मतलब दस को मान लो सरिया आपका तो दस नाइन इंटू टेन इज इक्वल टू नाइनटी एम उसके बाद से अपना फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसबर्स रेंसफोर्समेंट ऑफ कॉलम्स कार्ड टाइज देखो मैं एग्जांपल के साथ इसको बताता हूं? ये हो गया। अपना मान लो एक ये अपना कॉलम हो गया तो इसमें जो बीच में हम रिंग जो डालते हैं उसको हम टाइज बोलते हैं बीच में जो रिंग डालते हैं ना उसको हम टाइज बोलते हैं अगला पॉइंट है अपना द ट्रांसबर्स रेन्सफोर्समेंट इन बीम आर कार्ड स्ट्स देखो जो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको ये मान लो आपका ये एक बीम हो गया इसमें जो बीच में डालते हैं ना रिंग टाइप का वो उसको स्टीरप्स बोलते हैं हम एंड सेवेंथ पॉइंट है एयर वॉइड्स लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड हॉनी कॉम्बिंग जो मतलब मतलब कंक्रीट करते करते समय जो ईयर वर्ड्स मतलब आम भाषा में इसको गंजा बोलते हैं गंजा जो रह जाता है ना उसको हानिकॉम्बिंग बोलते हैं इंग्लिश में तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड उसके बाद से अपना ये एड पॉइंट आता है स्लोप ऑफ एस्टियर के सजिकल टू ट्वेंटी फाइव डिग्री टू फोर्टी डिग्री मतलब एस्टियर का जो स्लोप होता है उसका जो एंगल मतलब एंगल बोल लो उसको फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल में ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी डिग्री का एंगल में वो होना चाहिए है अपना सीमेंट शुड भी यूज विद इन थ्री मंथस ऑफ मैनुफैक्चरिंग देखो तीन महीने के बाद सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो 20 परसेंट स्ट्रेंथ उसका लॉस हो जाता है और कहने का एक तरीका है मतलब उसको हाथ में लेके देखो उसमें अगर लम्पस नहीं है तो आपका वो सीमेंट वर्किंग काम करने के लायक है नहीं तो अगर उसमें छोटे छोटे दाने पड़ गए हैं तो वो काम करने के मतलब खराब हो चुका है टेंथ नंबर पे हमारा है हाइट ऑफ वॉल बी वाल मीटर ये मतलब जो हम पारापेट वॉल देते हैं उसका हाइट वन मीटर तक मतलब रहता है ये मतलब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मतलब जो बुक है आपको उसमें भी मिल जाएगा तो, तो गाइज कमेंट करके बताओ आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना मैं इसका 10-12 सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए ये पार्ट वन था आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सेना सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से ऐसे रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके मतलब जॉब के टाइम पर बहुत या घर बनाते समय बहुत हेल्प आएंगी। सो सी ने अनादर वीडियो गाइस, लव यू ऑल जय हिंद